लेकिन राजकुमारी को उसके काले जादू के बारे में पता चल गया और राजकुमारी ने उस तेल की शीशी को एक पत्थर पर पटक दिया पत्थर पर तेल गिरते ही पत्थर में जान आ गई जो तांत्रिक का पीछा करते करते तांत्रिक के पास पहुंच गया और उसने तांत्रिक को कुचल दिया लेकिन मरते मरते तांत्रिक ने राजकुमारी और सारे नगरवासियों को श्राप दिया कि यहाँ के सारे लोग जल्दी मर जाएंगे जिनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी इसी कारण बस आज भी भानगढ़ किले में भूत प्रेत आत्माएँ घूमती रहती हैं इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पुरातत्व तो तो विभाग ने भी सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ पर लोगों को जाने में प्रतिबंध लगा रखा है